महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खून की प्यासी डाइनों का बसेरा है स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ से रात में जाने वाले लोगों को डायन अपने वश में कर लेती है और बाद में उस इंसान का खून पीकर खुद को अमर करती है वह माना जाता है कि यह इलाका डाइनों का है यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है और अगर आप वहाँ पर गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है अगर आपको यह यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर किसी भी पेड़ में कील गाड़ खुद ही देख लीजिए लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा आप लोगों को भले ही यह अंधविश्वास या उन लग रहा हो इस भूतिया गांव का यही दस्तूर है इस भूतिया गांव को कोई सदियों पुराना को मिला हुआ अभिषाप माना जाता है यहां पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डाइनों का बसेरा जमा हुआ है नादेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डाइनों का अब पूरा राज्य बसा हुआ है यहां पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहा करती थी लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको अपने साथ रखती है आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है यह गांव की वही जगह है जहां वास्तविकता में यहां के पुरुषों को रात में निकलने पर प्रतिबंध है तब कहां कौन सी जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता अभी तक यहाँ पर कुल 42 ऐसे मामले आ चुके हैं जिसमें यह सारे पुरुष लापता हो गए लेकिन उनका अभी तक कोई अतापता नहीं चला है यही माना जाता है कि उन पुरुषों को डायन ने मार दिया होगा रायपुर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है एक बार एक पेड़ काटने पर गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी तब से ही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर ही उसकी मौत हुई यहां पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस कभी लौटकर कर नहीं आया 16 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है डाइनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ पर कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी लेकिन तांत्रिक भी इनको बस में नहीं कर सके और 6 तांत्रिकों की भी मौत हो गई जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डाइनों को अपने वश में करने से घबराने लगे कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कोई बाहर नहीं निकलता हालांकि यह काफी पुरानी बात है अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके घरों में रहते हैं गांव के कुछ लोगों ने यह अनुभव किया है कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता गांव के रंजीत नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था रायपुर के लोगों का मानना है कि यहां कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ लोगों ने बलात्कार किया था उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ अपना बदला पूरा करती है दोस्तों अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साइड में दिया हुआ बेल आइकन भी प्रेस कर दे जिससे आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहे